फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त वीडियो पहले देखी हुई चुकंदर क्या है ये मंडे मंडे फ्राइडे मंगलवार बुधवार तीरवार तीर इतना ज्ञान कहाँ से लाते हो आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते है यही मुफ्त का ज्ञान है ये तो मुफ्त है मेरे पास अठुंदर चुकंदर वाले महीने में इस वीडियो को लाइक कर देना मंगलवार बुधवार और तीरवार वाले दिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अच्छा। और वही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जिनको मेरी वीडियो देखना पसंद है तो उससे मेरा क्या फायदा चार्ट पर लेटर्स अच्छा। पाइप आई आई थोड़ी ना ई है वो एल यू वी अच्छा लोहडा बहुत तेज हो रहा है ये तो पिटेगा पिटे <laughs> मैं, मैं <laughs> आगे स्वाद। सुप्लिक so तुम्हारे भाई की जिंदगी का एक ही असूल है, है तेरे बाप को, सिखा, चल। रुक तेरे को बता दे। कभी भी किसी डॉक्टर ऐसी पंगा नहीं लेना क्यों हिला डाल भाई चुड़ा क्या बोल रहा रहे मार पड़ी बादी बादी तुझे बस बस कर कर धनिष घर की बात घर कर रहे थे क्या सुनो तो सबको बताने की मैं भी तो चुप चुपा खत्म ये हर मर्द का दर्द है इसको सिर्फ मर्द खराब तो इतना ये क्या कर मर्दा हो मैं भी पूछ रहा हूँ चाटा मारूंगी ना तुम्हारे मुँह पे टूट जाएंगी क्या बोला बोला था था तुमने मुझे चाय चाय बनाने को तो बना रही मैं एक मिनट रुको मेरे भाइयों और आप सबकी बहनों पापा की परी उड़ान भरने को रेडी है एक मिनट बिस्किट लेकर आता हूँ मार्केट ऐसी ठीक है ऐसी वाइफ तो तुम्हारा भाई डिजर्व करता है बाय, पापा, ये मैं शाम तक लौटा देंगे। ऐसी प्रॉब्लम सिर्फ एक देश फेस कर रहा है उसका नाम मुझे कमेंट में बता दो एक तो लाइक और का जा। से महाकाल से थोड़ा क्यों ले रहे हैं एक मिनट अच्छा संभाल के लड़की की लाश को मार मत देना ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं हूं। That's why we love CID. आज आजकल के मन्ने मुन्ने बच्चे क्या जाने चिमकांडी चूजे कहीं होगी होगी। बस हवा निकल गयी हेलो हेलो उर्फी जावेद तुम्हारा भाई मिल गया कुलफी जावेद फोन आ रहा तुम्हारे तो दोस्तों का अरे नीचे आ ना तुम उठा के बोल बस आई रही है ओके ओके एटीट्यूड वेट कर रहे हैं कितनी देर लगेगी हो? बस प्लास्टर और पीओपी तो हो गया है आ? पेंट का काम चल रहा है नेक्स्ट लेवल बिजती हो गई है अब ये भाई रात को पिटेगा बस और कुछ नहीं होने वाला है इसको कोई भी नहीं बचा सकता तो गेम बजाना ओहो पेंट काम खराब हो गया थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको ये सब कुछ तभी पता लगेगा जब आपकी शादी आपकी बेस्ट फ्रेंड से होगी कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए बाप रे बाप इसने बना लिए इतने सारे बाप करो अपने उस छपरी बेरोजगार दोस्तों को जो क्लास में तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करते हैं और तुम्हारे पास भी यही टाइम है साबित करने का कि तुम उसके बाप हो बाप के भी बाप मस्त प्लान है जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे क्या कर रही है तो चिमकांडी औरत वो चिमकांडी औरत एक चीज तो रहेगी इसको खोल के और पानी से धो देती अरे हाँ मुझे तो अब याद आया ये तो गोपी बहू की बहन ये बताओ आटा से खरीद के हो क्या हुआ सारी रोटी जल है दो मुझे बेचारा यही सोच रहा होगा अरे दीदी अरे ओ दीदी गलती आपके पति की नहीं है गलती तो आते की है लाइक कर दो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ तुम्हारे भाई की वीडियो कैसी लगी